नमस्कार आप लोगों का टॉपलाइन क्लासेस के प्यारे से YouTube फैनल पर स्वागत है गाई आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की गाइस इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग पर आधारित जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप जितने प्रश्न बताए जाएंगे सारे प्रश्न पूछे गए ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे भी जाएंगे तो आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट नंबर सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा आप सवाल को देखिए और लगाने का सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों फिर हम बात करते हैं देखते हैं हम भी देख लें प्रश्न क्या कह रहा है तो गाइस स्क्रीन पे जो सबसे पहला सवाल आपको इस समय दिखाई पड़ रहा वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिए वो कह रहा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है इसे एक दशमलव तीन द्रव में डुबाने डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी यह पूछा है तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लो बस एक बार क्यों आपके हिंट के लिए यह दिया है कांच का अपवर्तनांक आपको ध्यान देना है कि कांच का जो अपर्तनांक है वो एक दशमलव तीन होता है कांच का जो अपर्तनांक है वो एक दशमलव तीन है ठीक ध्यान से और जो जिस द्रव में डुबोओगे और जो द्रव है वो द्रव का अपर्तनाक कितना है सॉरी <Selbst1> एक दशमलव तीन नहीं एक दशमलव पांच है और जो द्रव का अपर्तनांक है द्रव का अपर्तनांक वो भी एक दशमलव तीन है ठीक यही अब क्या कर रहा है कि भाई इस एक लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है बीस सेंटीमीटर वायु में वायु में लेंस की फोकस दूरी लेंस की वायु में लेंस की फोकस दूरी वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, फोकस दूरी f बराबर कितना है 20 सेमी। अब जब द्रव में डुबोओगे, तो द्रव में डुबोने पर द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी एफ फोकस दूरी बराबर एफ यही एफ ज्ञात करना है यफ डैश ही ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों आइए हम पतले लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे पतले लेंस के सूत्र का प्रयोग क्या होता है? कि लेंस के एक बटे लेंस में सूत्र आपने पढ़ा होगा एक बटे बराबर क्या पढ़ाया गया था एन माइनस वन फिर उसके बाद वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू 1 1 r1 r2 इस बात को ध्यान ध्यान देना ठीक अब देखिए गाइस से अगर देख पा रहे होंगे तो f की वैल्यू दिया गया है बच्चों f की वैल्यू एक बटे बीस बराबर n n की वैल्यू इस बार अभी द्रव में आपने नहीं डूबोया है तो n की वैल्यू 1.5 है माइनस क्या हो जाएगा 1 में 1 1 r1 r2 ठीक अब देखिए से घटा दोगे तो जीरो दशमलव एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू समीकरण नंबर प्यारे बच्चों एक बन गया अब जब हम इसी कांच वाले लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो द्रव में डूबोने पर सेकेंड स्थिति द्रव में डुबोने पर द्रव में जब डुबोने पर, डुबे डुबोएंगे तो क्या होगी जो फोकस दूरी होगी वो एफडेस हो जाएगी बराबर क्या होगा एन एन के स्थान पे प्यारे बच्चों अब जिसमें आप डूबो रहे हो जिसमें डूबो रहे हैं वो आपका द्वितीय माध्यम हो जाएगा और जो आपका पहला था वो पहला हो जाएगा तो एन के स्थान पे हम यहां पर रख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जहां यहां देखिए जहां एन है वहां पर हो जाएगा पहले वायु का था अब आपने जिसमें डूबोया उसकांक लिखेंगे और माइनस वन ठीक अब बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों अब आगे क्या है वन अपान आर वन और माइनस क्या हो जाएगा वन अपानू हो जाएगा ठीक समीकरण नंबर चाहो तो आप क्या बना सकते हैं अभी एक मिनट तो पंद्रह ठीक और यहाँ अगर इसको हम हल करेंगे तो पंद्रह माइनस तेरह बटे कितना आ जाएगा तेरह ठीक बरा यहां आ जाएगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू ठीक अब हम क्या करते हैं इधर देखिए आगे इधर देखते हैं। पंद्रह में से तेरह घटा दे तो दो बटे तेरा आ जाएगा एक बटे बराबर दो बटे आगे क्या है वन अपान आर वन वन अपान आर टू। नंबर दो अब देखिए समीकरण एक बटे समीकरण दो हमको यना है तो यफ डैश ज्ञात करने के लिए समीकरण एक को दो में भाग दे देते हैं तो समीकरण एक बटे समीकरण दो से तो समीकरण एक क्या है ये, ये है एक बटे बीस ठीक बटे ये समीकरण दो का भाग है एक बटे एफडेस अब एफडेस ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बराबर समीकरण एक ये है आपका जीरो दशमलव पांच पूरे के बटे ठीक यहां है दो बटे तेरह जहां जो है वही भाग देना प्यारे रहे बच्चों इस बात को आप ध्यान दीजिएगा ठीक अब ये तेरा आपका ऊपर पहुंच जाएगा ये वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू और समीकरण समी दो में भी वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू था अब आप देखिए ये सेम सेम कर जाएंगे ठीक अब ऊपर पहुंच जाएगा बीस नीचे आ आ जाएगा जाएगा जाएगा का ऊपर हो तो तो ठीक और वो कट चुका है। अब ध्यान से देखिए अगर हम ये पॉइंट कटाएंगे तो यहां जीरो लग जाएगा बच्चों ये बीस से बीस कैंसिल हो जाएगा ये बराबर सेंटीमीटर यानी जो फोकस दूरी पहले क्या थी 20 सेंटीमीटर थी जैसे ही हम लोग उसको द्रव में डुबो देंगे तो नई फोकस दूरी कितनी आ जाएगी पैंसठ सेंटीमीटर आ जाएगी एक बार हम लोग इसका आंसर जरूर मैच कराते हैं प्यारे बच्चों तब आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल आपका जो नया आंसर आया है जब हम लोग कांच को द्रव में डुबो दिए तो उस समय जो फोकस दूरी आई वो पैंसठ सेंटीमीटर आया तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट सवाल कम्प्लीट होता है उम्मीद है कि आपको फर्स्ट सवाल जरूर समझ में आया होगा अब जो हम दूसरे सवाल की चर्चा करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे अब किस किस सत्र सत्र पूछा गया गया है है है वो इसमें जो है, कट गया है, किस सत्र का परंतु इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया आइए हम देखते हैं तो दूसरा प्रश्न आपको इस समय इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है एक दशमलव पांच अपर्तनाक वाले एक पतले समतल उत्तल एक पतले समतल उत्तल लेंस मतलब पहला समतल है फिर कौन है भैया दूसरा उत्तल है ठीक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है यानी अगर हम बात करें समतल उत्तल लेंस की तो ऐसे कुछ हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एस समतल उत्तल लेंस ठीक तो समतल उत्तल लेंस के लिए बात हो रही है यहां पर समतल उत्तल लेंस क्या कहता है वो ध्यान दीजिए तो जो समतल उत्तल लेंस है वो पहला समतल पहला पृष्ठ समतल होगा हो दूसरा पृष्ठ क्या होगा उत्तल होगा तो जो समतल पृष्ठ है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी आर वन समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आरवन मान लेते हैं जो कि भैया अनंत होगी बच्चों ध्यान से देखिएगा आगे क्या कर रहा है कि एक दशमलव पांच यानि एन की वैल्यू यानी इनका जो अपर्तनाक है एक दशमलव पांच है आगे कह रहा है उत्तल समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी बीस सेंटी यानी इन दोनों लेंस को मिला के जो अपने समतल उत्तर लेंस बनाया है इसकी फोकस दूरी कितनी है बीस सेंटीमीटर है तो आपको आगे कह रहा आपको R2 ज्ञात करने के लिए यानी उत्तल लेंस की आगे क्या कह रहा है इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वक्र पृष्ठ की मतलब प्यार बच्चों जो ये वक्र नोमा है यानी उत्तल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है इसकी वक्रता त्रिज्या प्यार बच्चों इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है तो यही R2 ही हमको यहाँ पर बताना है यही R2 ही ज्ञात करना प्यारे बच्चों तो आइए हम लोग देखते हैं आराम से इस सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों और ये यूपी बोर्ड 2007, 2007 और दो क्या ऐसा कुछ है इस सेशन में पूछा और बहुत ही बढ़िया सवाल है देखिए क्या है अगर हम लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करें तो लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है ध्यान से देखिएगा लेंस मेकर सूत्र से प्यारे बच्चों एक बटे बराबर यन माइनस वन कोशक में वन अपान माइनस वन अपान आर टू क्या ये बात इतनी क्लियर हुई प्यार अच्छी बिल्कुल होनी चाहिए अब एन की वैल्यू यहाँ एक दशमलव पाँच है माइनस वन कर दे रहे हैं वन अपान आर वन तो आर वन की वैल्यू तो कितनी है प्यार बच्चों इनफाइनाइट है माइनस एक कर देते हैं अब देखिएगा एक बटे वैल्यू कितनी है बीस है। यही है ना 20 दिया है अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में एक बटे बीस बराबर एक दसमलव पांच में से एक घटा देंगे तो जीरो दशमलव पाँच आ जाएगा आगे इसकी कोई मतलब ही नहीं है आगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा केवल एक बटे आर टू ठीक अब ध्यान से देखिए माइनस ठीक अब अगर हम पॉइंट का गुणा यहां पर कर दें आगे स्टेप बाई स्टेप हल करें तो इधर आ जाएगा एक बटे इधर आ जाएगा पॉइंट कटाएंगे तो बटे दस आ जाएगा प्यारे बच्चों तो पांच बटे दस गुड़े क्या हो जाएगा r2 ठीक वो भी में तो दस दस, दस दुनी ठीक, और पान दूनी दस तो ध्यान से देखिएगा तो r2 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस दस सेंटीमीटर r2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दस सेंटीमीटर तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए R2 जो होगा वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या जो आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगा तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी जो वक्रता त्रिज्या है वो आपको 10 सेंटीमीटर प्राप्त होता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फिर हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर तीन की जो कि वो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा और गाय अगर हम बात करें कि ये दो यूपी दो और साथ में 2010 में यह क्वेश्चन पुट अप किया गया क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया सवाल है एक उभल उभत्तल उभयोत्तल उभय उत्तल का मतलब होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो भैया और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है यानी सोचिए अब हम उभयोत्तल की बात करें तो ये उभयोत्तल होता है अगर एक की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए इसकी पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी पहले बच्चों वो इधर होगी ये R1 होगा और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो ये होगी R2 और दोनों की वक्रता त्रिज्या तो लिख लेते हैं तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या अगर वो R1 है वो आपका प्लस होगा और आर क्या होगा माइनस होगा तो आर जो होगी वो बीस सेंटीमीटर होगा प्लस होगा और जो R2 है वो -20 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों ठीक ये ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है है बाएं ध्यान से आगे आगे अब क्या करा आगे? कि और तथा लेंस के कांच का जो ये n n है वो की एक दशमलव पांच दिया गया है तो आगे करा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अर्थात f ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों तो लेंस के मेकर सूत्र उपयोग करेंगे लेंस के मेकर या लेंस मेकर सूत्र से लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कहता एक बटे यफ बराबर एन माइनस वन कोष्टक में वन बटे आर वन माइनस वन बटे आर टू ठीक चलिए अब एक बटे यफ नहीं पता है यन की वैल्यू पता है एक दशमलव पाँच एक माइनस करेंगे फिर कोष्टक में वन बटे आर तो आर की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों बीस R1 की वैल्यू 20 है माइनस तो तो एक बटे आर टूर टू की भी वैल्यू बीस है तो जीरो दसमलव पांच आ जाएगा और यहां तो एक बटे बीस आएगा प्लस एक बटे बीस आएगा पेयर बच्चों ये पॉइंट घटाएंगे तो बटे दस लग जाएगा तो एक बटे ये बटे ये पाँच बटे दस बचा है हर बराबर है तंश जुड़ जाएगा दो बटे क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा एक एक जुड़ के दो बटे बीस दो एक के दो दो दहम में बीस ठीक अब पाँच के पाँच पाँच दूनी दस तो दस दूनी बीस तो एक बटे एफ बराबर एक बटे बीस आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो लास्ट जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो आपको यहाँ मिलेगा एफ 20 सेंटीमीटर, यानी जो आपने उभय उत्तल बनाया था उस उभय उत्तल की जो फोकस दूरी है तो ले सकते हैं फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर चार की तो गाइज प्रश्न नंबर चार आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दो हजार सत्रह और चौदह में यह क्वेश्चन पूछा गया है एक उभयोत्तल लेंस एक उभत्तल उभयोत्तल का मतलब अभी हमने पिछले वाले सवाल में चर्चा किया था एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों एक दशमलव पांच अपर्तनांक कांच से बना है एक दशमलव पांच मतलब प्यारे बच्चों कांच का जो अपवर्तनांक है कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको एक दशमलव पांच दिया है कांच का जो अपवर्तनांक है वो एक दशमलव पांच है आपको ध्यान से लिखिएगा आगे क्या कह रहा है इसके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं बीस सेंटीमीटर है यानी अगले की भी और अगले की भी दोनों की वक्रता 20 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों तो हम R1 वन यहाँ प्लस बीस लेंगे और R2 जो है माइनस बीस सेंटीमीटर लेंगे प्यारे बच्चों माइनस बीस सेंटीमीटर आगे कह रहा है लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे एक दशमलव दो पाँच अपर्तना क्या कर दिया जाए डुबो दिया जाए तो इस बात को ध्यान दीजिएगा ये आपका एनवन हो सकता है अगला एन टू जो है वो एक दशमलव दो पांच अपर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जा रहा है तो जब हम द्रव में नहीं डुबोए थे तो ध्यान से दिखिएगा प्यारे बच्चों जब द्रव में नहीं डुबोए थे तब क्षमता थी पी और जब द्रव में डुबो दिए और जिसका अपर्तना दशमलव दो पांच है तो उसकी क्षमता क्या होगी आपको अनुपात बताना है प्यारे बच्चों क्या बताना है अनुपात बताना है इस बात को ध्यान दीजिएगा तो हम बिल्कुल आसान तरीके से सवाल लगाएंगे एकदम मक्खर वाले सवाल में सबसे पहले सवाल समझिए ये कोई उभय उत्तल है प्यारे बच्चों ये उत्तल है उत्तल के लिए इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है और इस की वक्रता त्रिज्या R1 है तो R2 इस वाले की है R1 इसकी है तो R1 दाएं तरफ है इसलिए प्लस है R2 बाएं तरफ इसलिए माइनस है यहां तक ये बात क्लियर होती है ठीक अब समझिए कि भैया जब हम इनको द्रव में नहीं डूब थे तब का पर्तनाक एक है तब उस समय इसकी क्षमता थी पी और जब हम इसको द्रव में लेके गए डुबो दिए तब क्षमता हो गई पीड अब हम पी और पी, पी की वैल्यू निकालेंगे तब तो अनुपात निकाल पाएंगे ना प्यारे बच्चों तो आइए हम हल करते दे आराम से हल करेंगे ध्यान से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम इनको द्रव में नहीं डुबोए थे तो नॉर्मली जब रखा गया था तो लेंस मेकर सूत्र से लेंस मेकर सूत्र से अब गाइस लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है ध्यान से देखिए लेंस मेकर सूत्र कहता है एक बटे बराबर एन माइनस वन को वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू यहाँ तक क्लियर हो गया अब ध्यान से देखिए एन का मान आपके पास है एन का मान आपके पास है प्यार बच्चों कितना है ये देखिए अब अब यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे तो वो क्षमताओं का अनुपात पूछा है हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो एक बटे यप होता है वो पी के बराबर होता है प्यारे बच्चों तो क्या हम इसको हम पी लिख सकते बिल्कुल रख सकते एन एन की वैल्यू कितनी है एक दशमलव पांच माइनस वन कोष्ट में एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू समीकरण नंबर एक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई अब इसी प्रकार जब द्रव में डूबो देते हैं जब द्रव में डूबोते हैं द्रव में डूबोने पर क्या करते हैं द्रव में डूबोने पर द्रव में डूबोने पर तो जब द्रव में डूबोएंगे तब इसकी जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी बराबर। अब देखो पहले कितना था तो एक दशमलव पांच अब डुबो दिए तो एक दशमलव दो पांच हो गया उसका पर्तनाक फिर माइनस वन और फिर उसके बाद वन अपान आर वन वन अपान आर टू हो गया अब जो ये एक बटेस के बराबर हो जाएगा अब ध्यान से देखिए हल करेंगे इनको जब हम हल करेंगे तो आएगा एक दसमलव एक दसमलव दो पांच बटे एक दशमलव दो पांच भिन्न का घटाना फिर आ जाएगा प्यार बच्चों वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू समीकरण नंबर दो अब अनुपात निकालना है तो हमको भाग देना पड़ेगा तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग भाग दे देते हैं तो समीकरण एक बटे समीकरण दो समीकरण एक बटे समीकरण दो से तो गाइस ध्यान से देखिएगा अब समीकरण एक आपका क्या है ये है P और समीकरण दो कौन है P डैश है ठीक P डैश ठीक अब इसकी टी वैल्यू है आपका एक दशमलव पांच माइनस एक तो ध्यान से देखिए इस एक दशमलव पांच में से एक माइनस कर दोगे तो जीरो दशमलव पांच आएगा ठीक पूरे के बैठे अब यहां से एक दशमलव पांच है तो जीरो घटा दिया जाए यहां जीरो लगा दे तो डेढ़ हो जाएगा डेढ़ में से अगर हम इनको घटाएंगे तो दस में से घटाएंगे पांच और यहाँ बच जाएगा चार चार में से दो घटाएंगे दो एक मतलब कहने का मतलब नीचे आएगा जीरो इनको घटाने पे जीरो दशमलव दो पाँच बटे एक दशमलव दो पाँच ये ये वाला ठीक फिर पूरे के बटे कितना है यहाँ पी के लिए भी वन अपान आर वन है माइनस वन अपान आर और P डैश के लिए भी वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू होगा ठीक ये टोटली पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों और P बटे पी डैश ये ऊपर जाएगा तो जीरो दशमलव पाँच गुड़े एक दशमलव दो पाँच पूरे के बटे जीरो दशमलव दो पाँच ठीक अब देखिए ये पॉइंट कटाएंगे तो बटे दस ये पॉइंट कटाएंगे तो बटे सौ हो जाएगा ये पॉइंट कटाएंगे तो ऊपर बटे क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा ये सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों पाँच के पाँच पानदूनी दस हो जाएगा अब ये पच्चीस पंचे कितना हो जाएगा एक तो कितना आ गया भाई पी अपान बराबर कितना हो जाएगा पाँच बटे दो अगर अनुपात चाहिए तो पी अनुपात पीडस बराबर पाँच अनुपातें दो ये इसकी क्षमताओं का क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा एक बार हम लोग आंसर इसकी ज़रूर मैच कराएंगे जी बिल्कुल आया है प्यारे बच्चों पाँच अनुपातें दो इसी को हम लोग आराम से अगर हल करना चाहे तो इसे हम लिख सकते थे कटा सकते थे तो दो दशमलव आता तो भी हो ही आता ये भी आपका आंसर क्या सत्य है तो इस प्रकार प्यारे बच्चों चौथा नंबर कंप्लीट होता है आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों और अगर आपको सवाल समझ में आ रही होंगी ऐसे सवाल लगाने में मजे आ रहे होंगे तो भी आप प्यारा से कमेंट कीजिएगा सर इस टॉपिक पर आप एक सवाल इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल का क्लास बना दीजिए तो वो भी आपको बना दिया जा सकता है प्यारे तो तो को लाइक कीजिएगा पैर बच्चो चलिए अब हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं तो गाय जी आपको पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई पर दिखाई पड़ रहा होगा क्या करा एक मतलब प्यारे बच्चों यहां पर औतलोत्तल का मतलब होता है कि एक अवतल पृष्ठ होगा एक अवतल होगा और एक क्या होगा प्यारे बच्चों उत्तल होगा यानी आप समझ पाए यानी एक पृष्ठ अवतल होगा और अगला पृष्ठ क्या हो जाए उत्तल हो जाए तो अवतलोत्तल का मतलब होता है इस प्रकार ठीक इस प्रकार ना या तो ये आ, ऐसे नहीं दोनों अवतल हो जा रहे हैं एक अवतल और एक उत्तल तो इसको समझने के लिए हम लोग ए, ऐसे कर लेते हैं ऐसे लगभग इस प्रकार का डायग्राम बनता है एक अवतल और एक उत्तल जिसमें अवतल तथा उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं एक दशमलव पांच और दस सेमी है इस बात को ध्यान दीजिए तो औतल लेंस जो अवतल है ये जो अवतल है इसकी भी वक्रता त्रिज्या इधर ही होगा और जो प्यारे बच्चों उत्तल है उसकी भी वक्रता त्रिज्या इधर ही होगी इस बात को ध्यान दीजिएगा तो अवतल की भी वक्रता त्रिज्या इधर उत्तल की भी जैसे हमने कहा प्यारे बच्चों कि अगर इसकी वक्रता त्रिज्या R1 इधर है तो अगले की भी जो वक्रता त्रिजा होगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो भी आर भी इधर ही होगी तो ये R2 हो जाएगा ये R1 हो जाएगा तो इसलिए दोनों दूरिया ऋणात्मक होंगी प्यारे बच्चों तो लेंस की वक्रता त्रिज्या R2 इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर कितना दिया है सॉरी 10 सेंटीमीटर कितना है 10 सेमी तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा कांच का अपवर्तनांक, प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं ध्यान से देखिएगा कांच का जो अपवर्तनांक है वो n1 और n1 की वैल्यू कितनी है एक दशमलव ये आपको दिया है आगे कह रहा है यदि हम इसे किसी द्रव में डुबो रहे हैं क्या करा द्रव यानी किसी इस लेंस को द्रव में रखे जाए तो द्रव का अपवर्तनांक दिया है द्रव का अपवर्तनांक तो द्रव का जो अपवर्तनांक है वो एन टू से व्यक्त कर रहे हम लोग एक दशमलव सात है आगे करा तो गणा लेंस का वायु तथा वायु तथा द्रव में फोकस दूरियां, यानी लेंस की वायु में फोकस दूरी लेंस की वायु में फोकस दूरी फोकस दूरी मान लेते हैं एफ ए ए मतलब एयर ठीक और लेंस की द्रव में फोकस दूरी किस में बच्चों, द्रव में फोकस दूरी तो उसे हम लोग मान लेते हैं एफ एल एफ डब्ल्यू डब्ल्यू हो सकता है वाटर हो सकता है लिक्विड हो सकता है कुछ भी कह सकते हो प्यारे बच्चों तो हम इन सभी सवालों को लेंस मेकर सूत्र से ही लगाएंगे तो आइए हम बात कर लेते हैं वायु में फोकस दूरी की किसमें वायु में लेंस की वायु में फोकस दूरी तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम फा, फार्मूला क्या लगाएंगे एक बटे ये एन माइनस वन कोष्ट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान ठीक अब से एक बटे यहां पता नहीं है।, की पता एक एक यहां एन वन होता है अब वन अपान आर वन तो वन अपान आर वन आर वन की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस पंद्रह है और माइनस की वैल्यू कितनी कि माइनस दस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे यहाँ पर सवाल में देखिए अगला स्टेप क्या है एक बटे ये बटे यफ बराबर एक दशमलव पाँच में से एक घटा देंगे तो जीरो दशमलव पाँच आ जाएगा आगे वन आप अब इनको हल करते हैं दे, देखिए इनको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पंद्रह और दस का लसअप तीस आएगा प्यार बच्चों पंद्रह और दस का लस कितना आएगा तीस आएगा तो पंद्रह दुना तीस तो दो बार जाएगा दो एक कन्नम तो माइनस अगला तीन आ जाएगा अगला क्या आ जाएगा तीन तीन में से दो घटा देंगे तो एक आ जाएगा प्यारे बच्चों तो जीरो दस मल पाँच गुड़े एक बटे कितना आ जाएगा तीस पॉइंट कटा के बटे दस पाँच के पाँच पाँच छक्के तीस हो जाएगा तो दस छंगे साठ एक बटे साठ और एक बटे अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यह बराबर आ गया साठ सेंटीमीटर यानी प्यारे बच्चों जब जब हमने क्या कहा जब लेंस वायु में रखा गया था तब की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है केस नंबर दो जब लेंस को द्रव में रखा गया जब लेंस द्रव में रखा है जब लेंस द्रव में रखा हो कहा रखा हो प्यारे बच्चों द्रव में रखा हो तब फोकस दूरी क्या होगी तब फोकस दूरी मान लेते एक बटे यस बराबर क्या होता है n1 बटे एन माइनस वन यही बदलाव होता है प्यारे बच्चों किसी भी माध्यम में रखा रहेगा उसको पहले वाले माध्यम से दूसरे माध्यम के पोर्तनांग से भाग दे देंगे बस और फिर यहां आ जाएगा 1 r1 1 R2. ठीक, यही होगा वन अपान आर वन माइनस क्या हो जाएगा वन अपान आर अब अगर आप देख पा रहे होंगे पैर बच्चों तो एनवन की वैल्यू एनवन की वैल्यू आपको दी गई है देखिए एनवन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अगर देखिए तो N1 की वैल्यू आपके पास एक दशमलव पाँच है और N2 की वैल्यू एक दशमलव सात माइनस एक और गाइस इतना टोटल आप लोगों ने हल किया यहाँ पर आके तो एक बटे तीस आया तो हम डायरेक्टली एक बटे तीस इसको रख रहे हैं इतना टोटल आपने यहाँ हल किया ना ये सब रखकर तो एक बटे तीस आ गया अगर गाइज हम बात करें तो इनका ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो सत्रह उधर हो जाएगा तो पंद्रह माइनस सत्रह बटे कितना हो जाएगा सत्रह और गुण क्या हो जाएगा एक बटे तीस हो जाएगा ठीक पंद्रह में से सत्रह घटा देंगे तो दो आ जाएगा ठीक माइनस के साथ यहां यहां एक बटे तीस तो पंद्रह दुनी कितना जाएगा तीस आ जाएगा अब पंद्रह और सत्रह का गुणा कर देते हैं तो प्यार बच्चों पंद्रह और सत्रह का गुना करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं तो पंद्रह और सत्रह का गुना करते हैं तो दो आते हैं एक बटे एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश बराबर दो माइनस में सेंटीमीटर यानी जब आप लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तब की फोकस दूरी ये है एफ ए, ए सॉरी एफ एल माने थे ना तो एफ एल यहाँ एल यहाँ, यहाँ, यहाँ एल एफ एल बराबर आपका माइनस दो सेंटीमीटर और एफ ए जब वायु में रखे थे तब की जो फोकस दूरी है वो कितना है 60 सेंटीमीटर इस प्रकार बच्चों आप सभी सवालों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं ये रहा आपका पांचवां नंबर सवाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करने वाले हैं छठा वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि दो और दो में पूछा गया प्यारे बच्चों तो आइए हम उस सवाल को देखते हैं क्या करा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है लेंस के पदार्थ के वायु के पदार्थ वायु सापेक्ष अपर्तना दशमलव पांच है यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष दशमलव छ वाले द्रव में डूबो कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकसदारी कितनी होगी तो कितना बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों ऐसे सभी सवाल अभी आप लोगों ने लगा के आए हैं तो आइए हम देखते हैं क्या इसको लगाया जा सकता मतलब है क्या प्यारे प्यारे तो करा कि हम अगले वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिजा होगी वो आर टू होगी आर वन आपका प्लस होगा और आर वन कितना है भैया पंद्रह सेंटीमीटर है और आर टू जो है वो आपका कितना हो जाएगा माइनस तीस सेंटीमीटर यह है लेंस के पदार्थ के वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनाक अर्थात ए एन जी जिसे हम लोग एनोवन कहते थे एनोवन इक्वल टू कितना है एक दशमलव पांच है ठीक यदि इसे लेंस के वायु के सापेक्ष लेंस को वायु के सापेक्ष एक दशमलव छह अपर्तनांक वाले द्रव में डुबो दु, दु, दिया जाए यानी ए एन एल समझ पा रहे एक चीज का बच्चों ध्यान से दिखेगा। क्या कर रहा है लेंस को वायु के सापेक्ष अपर्णांक वाले द्रव में डुबोकर रख दिया जाए द्रव में डुबोकर रख दिया जाए मतलब ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वाटर वाटर मैंने द्रव रख दिया जाए इसका मान एक दशमलव छ जिसको हम लोग N2 दिखाते थे प्यार बिच्छो तो उसकी फोकस दूरी तो गाय जब हम वायु में रखे थे तब इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं और जब इसमें रख दिए द्रव में तो फोकस दूरी मान लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है तो जब जब लेंस कहां पर था वायु में था जब लेंस वायु में रखा है वायु में रखा है तब फोकस दूरी तब जो फोकस दूरी होगी एक बटे बराबर क्या होगा एन माइनस वन कोष्ट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू ठीक अब एक बटे वैल्यू नहीं पता है परंतु एन एन की वैल्यू है एक दशमलव पांच माइनस वन यहाँ वन अपान आर वन आर वन की वैल्यू कितनी है पंद्रह है आर टू की वैल्यू कितनी माइनस तीस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे एक बटे यफ़ एक दशमलव पाँच में से एक कटाएँगे पैरोचो तो जीरो दशमलव पाँच आ जाएगा पंद्रह और तीस का लस सफलेंगे तो तीस आएगा पंद्रह दुना तीस तो दो और तीस इक्के तीस तो यहाँ एक आ जाएंगे ठीक तो एक बटे यफ बराबर जीरो दशमलव पाँच दो एक कितने हो गए पैरोचो तीन बटे कितना आ जाएगा तीस आ जाएगा तीन इक्के तीन तीन दाहमा तीस ठीक तो एक बटे यफ बराबर पॉइंट कटाएंगे तो बटे दस लग जाएगा पाँच बटे तो कितना आ जाएगा बीस आ जाएगा तो एक बटे यफ बराबर कितना जाएगा? तीन बटे बीस तीन बटे बीस ठीक अब यफ ऊपर जाएगा तो तीन नीचे आएगा बीस ऊपर जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा यफ बराबर हो जाएगा बीस बटे तीन भाग देंगे तो छः दशमलव छः आता जाएगा तो इसे हम छः दशमलव छः सात मान लेंगे या तो टोटली मान लें तो छः दशमलव तो यफ की वैल्यू जो होगी वो छः दशमलव सेंटीमीटर होगा जब लेंस वाई में रखा गया था अब जब लेंस किस में रख दिया गया द्रव में जब लेंस किस में रख दिया गया द्रव में तो केस नंबर दो केस नंबर दो में क्या है जब लेंस द्रव में डुबो दिया गया डुबो कर रख दिया गया डुबो कर रख दिया गया।, रख दिया गया ठीक। तब क्या होगा? तब जो फोकस दूरी होगी प्यारे बच्चों, वो मान लेते हैं, बराबर मैंने कितनी बार बोला कि पहला जो अपर्तनांक है प्यारे बच्चों वो आप रखिए एन वन बटे एन टू एन टू कितना है एन टू कितना एक है ठीक माइनस कोष्टक में वन अपान तो R1 की वैल्यू जो है तो, तो पंद्रह सोलह का गुना सोलह माइनस सोलह आ जाएगा ठीक अब आर वन और आर टू की वैल्यू तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने आर वन और आर टू की वैल्यू हल किया था यहाँ यही सेम टू सेम आने वाला है तीन बटे कितना आ जाएगा दस यानी मिला जुला तीन बटे दस आएगा तो ये डायरेक्टली हम लोग हल कर दे रहे हैं तो तीन बटे क्या आ जाएगा दस आ जाएगा पंद्रह में से सोलह घटा दिए तो भैया एक माइनस एक आया बटे सोलह और ये तीन बटे कितना दस तो कुछ तो कैंसिल होने वाला नहीं प्यारे बच्चों तो तीन एक तीन और सोलह दहमा एक सो ठीक एक बटे यफ ऊपर जाएगा तो ये 160 भी ऊपर जाएगा तीन नीचे आएगा तो कैंसिल करेंगे तो तीन पचे पंद्रह प्यार बच्चों एक बचेगा फिर तीन तरीक का एक बचेगा तीन तरीक का नौ फिर वही तिरपन दशमलव तीन आएगा लगभग तो एफ की जो वैल्यू है माइनस तिरपन दशमलव तीन सेंटीमीटर इस प्रकार प्यारे बच्चों तो आप इसका एक और लेना चाहते तो ले सकते हैं ठीक फिर हम जो अगला सवाल है प्यारे बच्चों वो दिखाई पड़ रहा है इसको। तो आपने अगर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको उत्तर तो इस लेंस के, के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिजा दस सेंटीमीटर है प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिजा मतलब यहां प्यारे बच्चों आर दिया दिया प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर मतलब जब हम लेंस के दोनों और चार बटे तीन अपर्तनांग का माध्यम रख देते हैं यानी एन टू बराबर कितना दे दिया प्यारे बच्चों चार बटे तीन तो क्या करा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाई और 20 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु लेंस यानी जैसे क्या कर रहा है कि अगर ये कोई उत्तर लेंस है प्यारे बच्चों इसके ओर यानी इधर इधर कोई वस्तु रखा गया है और वस्तु की दूरी कितनी है भैया 20 सेंटीमीटर कितना है बीस सेंटीमीटर तो u की वैल्यू दे दी गई भैया 20 सेंटीमीटर इसको हटा देते हैं इनका कोई काम नहीं केवल समझाने के लिए दिया गया था तो यू इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों बीस सेंटीमीटर है तो आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात बटे आर ये थे। तो आइए हम इस फॉर्मुले की मदद से हल कर लेते हैं तो एन टू एन टू की वैल्यू कितनी है भैया चार बटे तीन है आपको ज्ञात करना है और माइनस एन वन एनओ वन कितना है भैया तीन बटे दो तीन बटे दो गुड़े यू की वैल्यू बीस है ठीक दो गुड़े यू रख देते हैं बराबर एन टू एन टू की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों एन टू की वैल्यू चार बटे तीन है माइनस एनओवन एन वन की वैल्यू तीन बटे दो है और पूरे के बटे आर आर की वैल्यू कितनी है दस है ठीक इसको हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा चार बटे तीन बी आ जाएगा तीन बटे दो बराबर इधर आज U की वैल्यू सॉरी U की वैल्यू रख देते U की वैल्यू कितनी है 20 है ठीक और इधर तीन और दो का ला सा लिए तो छह तीन दुनी छह तो दो चौके आठ दो त्याई छह तीन रिका नौ दो त्याई छह तीन रिका नौ और ये गुने क्या आ गया दस ये वाला दस अब देखिए चार बटे तीन बी यहाँ कितना आ जाएगा चालीस उधर आठ में से नौ घटाएंगे माइनस एक छह साठ अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो चार बटे तीन वी बराबर माइनस एक बटे साठ ये उधर गया तो प्लस तीन बटे क्या आ गया चालीस आ गया साठ और चालीस का लस साठ और चालीस का लस तो आइए इधर नहीं दिख रहा होगा तो आपको इधर ले देखते हम लोग तो चार बटे तीन बी बराबर और चालीस का लसअ कितना आएगा फिर बच्चों सोचिए एक साठ और चालीस का लसअप कितना आ जाएगा एक सौ बीस ठीक तो साठ दूनी एक सौ बीस तो दो इक्के दो माइनस दो प्लस चालीस तिइया एक सौ बीस तो तीन त्रिका नौ नौ में से दो घटा दिए सात बटे कितने आ गया एक सौ बीस ये चार बटे तीन वी अब देखिए कैंसिल कीजिए तीन एक के तीन चार तिहाई बारह ये चालीस आ जाएगा ठीक अब आपके पास क्या आ गया चार बटेवी बराबर सात बटे क्रॉस मल्टीप्लाई तो सात वी और चालीस चौके एक सौ साठ ठीक अब वी इक्वल टू एक सौ साठ बटे सात भाग दे दीजिए तो सात दूनी चौदह बचा कितना प्यारे बच्चों दो आगे सात दूनी चौदह फिर बचा मतलब बाईस दशमलव दो तो V की आ गई। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 22.2 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा प्यारे बच्चों एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा जी बिल्कुल आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आया प्यारे बच्चों। बाईस लगभग दो या जो भी हो तो लगभग 22. भाग देंगे तो बाईस दशमलव आठ आएगा ना तो बाईस दशमलव आठ सेंटीमीटर बनेगा लगभग हम कह दें तो V बराबर 23 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा और ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो किस सत्र में पूछा गया जानते हैं 2018 में यूपी बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन तीन मार्क का पूछा गया तो भैया ऐसे क्वेश्चन आपको बोलना नहीं प्यारे बच्चो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सवाल है ये सब ठीक तो आप इसका एक स्क्रीन ले सकते हैं उम्मीद है कि प्यारे बच्चों जितनी सवाल हमने अभी तक बताया है जितने सवाल हमने जिस टॉपिक पे बताए वो सभी सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे और ये भी आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर ऐसे टॉपिक पर आधारित अगर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए थैंक यू आल डे स्टूडेंट जय हिंद जय भारत